नमस्ते दोस्तों नमस्ते दोस्तों मैं हूँ नर्मदा आपको नर्मदा किचन को स्वागत कर रही हूँ आप लोग कैसे हो आज हम कुछ मीठे के रेसिपी बनाएंगे राबड़ी बनाएंगे चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे राबड़ी बनाती हूँ राबड़ी बनाने के लिए मैं एक लीटर दूध लिए ली हूँ उसको हम पहले बॉयल करेंगे दूध को मैं दस मिनट तक पूरा अच्छे से उबाली हूँ अब इसमें मैं चार इलायची कूट के रखी हूँ इसको डाल देना है एक कटोरी में थोड़ा दूध ले लीजिएगा दूध में तेसर डालेंगे इसको रखेंगे बाद में देंगे दूध को ऐसे कंटिन्यूसली चलाना है नहीं तो ये नीचे लग सकता है अब हमारा दूध बॉयल होके आधा हो गया है इसको बॉयल करके वन फोर्थ बनाना है अब इसमें मिल्क मेड दे देंगे देखिए दूध पूरा गाढ़ा हो गया है अब इसमें केसर वाला दूध रखे थे इसको दे देंगे अब इसमें शुगर ऐड हैं। देखिए, हमारा राबिडी पूरा हो गया है इतना गाढ़ा ठीक है और ये ठंडा होने के बाद और थोड़ा गाढ़ा रहेगा अब हम गैस बंद कर देंगे अब हम प्लेटिंग करेंगे पिस्ता डाल दिए अब थोड़ा केसर डालेंगे अब मेरा राबीड़ी प्लेटिंग हो गया है देखिए दिखने में बहुत सुंदर दिख रही है क्या करती हूँ आपको ये राबीड़ी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी प्लीज़ आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए राइट साइड में जो बेल बटन का सिंबल है उसको प्रेस कीजिए इससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए थैंक यू